in the से करवाते हम और लहरों से मस्ती हंसतियां पूछे हसम में हाथ हम हंसती हंसियां तू जो गए तो हम बस बैठे अब यही